गाइस गाइस गाइस आज मैंने अपना चैनल चेकआउट करा तो नाइन्टी एट परसेंटेंट लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वन परसेंट लोगों ने सब्सक्राइब करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस महीने की एंड तक वन के कम्प्लीट करा दो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार मैं इतने अच्छे वीडियो लाता हूँ आपके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना